हाई जस्ट ये कहानी है 19 साल की एक लड़की मुमताज खान की जिसका बचपन से ही सपना था कि वो एक हॉकी प्लेयर बने लेकिन उसका ये सपना उसके परिवार की स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा क्योंकि मुमताज के पिता साइकिल रिक्शा चलाते थे और माँ सब्जी की रेडिया लगाया करती लेकिन फिर भी मुमताज ने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया और खुद ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और वो कहते हैं न जो मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है ऐसा ही कुछ हुआ मुमताज के साथ जब वहाँ के एक लोकल हॉकी कोच ने मुमताज के इस जज्बे को देखते हुए उसकी मदद की उन्होंने मुमताज को हॉकी दिलाई ताकि वो सही से प्रैक्टिस कर सके मुमताज ने भी किस्मत से मिले इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने जीतोड़ मेहनत के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बना पाई ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद